मैं फलक कल की रोशन दुनिया नई सोच के बेती स् का मैं दरिया बस्ते में भर कर रखती हूं मैं विश्वास की कलम से इंडिया लिखती मैं सोच को दीखी करके आगे बढ़ जाती हूँ मैं गलतियों से सीख हर गलत को नेटाता हूँ मैं चमक से में मेरी ही महशू